फ़र्ज़ करें आपके पास तीन लाख रुपए हैं और आप कार खरीदना चाहते हैं मगर आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी कार खरीदें तो इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आपको कौन सी कार खरीदनी चाहिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होने वाली है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें और घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको इस किस्म की माती वीडियोस वक्त मिलती रहे। रेसर को हमने रखा है छठे नंबर पर। इस कार की मार्केट बहुत कम है शायद इसकी वजह इसकी बॉडी का डिजाइन है डाइवो रेसर इंतहाई मजबूत और आरामदेह गाड़ी है यह पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में मार्केट में मौजूद है अगर इसकी फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये पेट्रोल में 12 किलोमीटर के लगभग जबकि डीजल में 16 किलोमीटर तक की एवरेज दे सकती है कई लोग तो ऐसे भी हैं जो डायवो रेसर के अलावा कोई भी गाड़ी खरीदना पसंद ही नहीं करते अब बात करते हैं कीमत की तो इसके मॉडल 1993 सौ इसके आसपास कार आपको इंतहाई अच्छी कंडीशन में 3 लाख रुपए के लगभग मिल जाएगी लेकिन फिर में सवाल आता है कि इसकी रीसेल क्या होगी तो हम आपको बताते चलें कि जब आप अर्जेंट इसे बेचने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एक लाख रुपए तक का घाटा दे सकती है कमेंट्स में हमें ड्राइवर रेसर के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा डाई कार की अगर बात की जाए तो इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ही कम है ये गाड़ी उन्नीस में वजी अलम की येम के तहत बेरोजगार ड्राइवरों को बतौर टैक्सी चलाने के लिए किस्तों पर दी गई थी इन गाड़ियों का जेनियन कलर पीला है लेकिन मार्केट में आपको मुख्तलिफ रंगों में नजर आएंगी ये गाड़ियां भी पेट्रोल डीजल दोनों इंजन रखती हैं और इनकी फ्यूल एवरेज भी बारह से सोलह किलोमीटर तक होती है हंडाई की बॉडी का डिज़ाइन डायवो रेसर की बॉडी की नस्बत ज़्यादा पसंद किया जाता है ये गाड़ी भी इंतहाई अच्छी कंडीशन में उन्नीस मॉडल आपको 3 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगी लेकिन बात करें रीसेल की तो इसकी मार्केट वैल्यू इंतहाई कम होने के बायस ये गाड़ी आपको एक लाख रुपए तक का नुकसान दे सकती है यानी अगर आपको इसे अर्जेंट बेचना पड़ा तो घाटा तो ज़रूर आएगा मगर जंगा भल्ला अब बात करते हैं सजू की खैबर की पेट्रोल इंजन रखने वाली सजूकी खैबर एक अच्छी मार्केट रखने वाली कार है इसकी पेट्रोल एवरेज बारह किलोमीटर के आसपास होती है जबकि आरामदेह गाड़ी है सदुकी खैबर उन्नीस सौ नब्बे से लेकर उन्नीस सौ निन्यानवे तक के मॉडल आपको डेढ़ लाख से पाँच लाख रुपए तक के मिल जाएंगे उन्नीस सौ अठानवे मॉडल तक की दरमिया कंडीशन की कार आपको तीन लाख रुपए की कीमत में मिल सकती है हम जब भी कोई कार खरीदते हैं तो सबसे पहले जहन में सवाल उठता है इसकी रीसेल का तो खैर इसके बारे में हम आपको बताते चलें कि ये आपको ज़्यादा घाटा नहीं देगी यूँ समझ लें कि ये गाड़ी अगर आप तीन लाख रुपए की खरीदते हैं और कुछ हर से बाद सेम कंडीशन में अचानक फ़रोख करते हैं तो ये आपको महज पचास हज़ार रुपये तक का नुकसान दे सकती है वैसे सजुकी खैबर के पुराने मॉडल जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती वो डेढ़ लाख रुपये तक भी मिल जाती है तीन लाख रुपए तक मिलने वाली कारों में हमने तीसरा नंबर दिया है निशान सनी को निशान सनी उन्नीस मॉडल कार अच्छी कंडीशन में आपको तीन लाख रुपए में मिल सकती है सनी निशान अच्छी मार्केट रखने वाली इंतहाई मजबूत पायदार और आरामदेह कार है निशान सनी की अच्छी मार्केट की वजह उसकी बॉडी की खूबसूरती है निशान सनी डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में दस्तियाब है ये कार पेट्रोल की एवरेज 12 किलोमीटर जबकि डीजल की एवरेज 16 किलोमीटर तक देती है ये कार अगर अच्छी कंडीशन में है और ख़रीदने के कुछ ही अरसा बाद अगर आप अर्जेंट फॉर सेल करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगी बल्कि ये बात भी मुमकिन है कि ये गाड़ी शायद आपको नफ़ा भी दे दे तो आपके ख्याल में छः गाड़ियों में इसका नंबर कौन सा होना चाहिए कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा अब बारी है क्रोला की। तो क्या आप जानते हैं कि हमने ट्योटा करोला को दूसरा नंबर क्यों दिया इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान भार में पुरानी गाड़ियों में सबसे ज्यादा तादाद ट्योटा करोला गाड़ियों की है आपको हर जगह ट्योटा करोला बयासी से 88 मॉडल तक जरूर नजर आएगी इस गाड़ी की मार्केट यकन बहुत ज़्यादा है ये भी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मौजूद है और इसकी पेट्रोल एवरेज भी 12 से 16 किलोमीटर फी लीटर तक है इस कार का स्पेयर पार्ट छोटे से छोटे इलाके में भी बसानी मुयसर होगा ये कार छियासी मॉडल में अच्छी कंडीशन के साथ 3 लाख रुपए के लगभग कीमत में आपको मिल सकती है वैसे अगर बात करें चौरासी और बयासी मॉडल्स की तो वो आपको 1.5 लाख रुपए में भी मिल सकते हैं अब बात करते हैं रीसेल की तो उम्मीद की जा सकती है ये कार आपको बहुत ही कम घाटा देगी और यह भी मुमकिन है कि आपको घाटे की बजाय मुनाफा आ जाए हमने नंबर वन पे रखा है सुजुकी मेहरान को वजह यह है कि यह छोटी कार ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि फ्यूल एवरेज भी बहुत ही अच्छी देती है तंग गलियों के तंग मोड़ों पर परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता इस कार की मार्केट और डिमांड पूरे पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है ये कार उन्नीस मॉडल तक अच्छी कंडीशन में आपको 3 लाख रुपए में मिल जाएगी इसकी फ्यूल एवरेज 16 किलोमीटर के लगभग होती है इसकी रीसेल की बात की जाए तो यूँ समझ लीजिए कि ये कैश है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो अब आप ख़ुद ही फैसला करें कि तीन लाख रुपए के बजट में मिलने वाली इन छः कारों में से आपको कौन सी कार लेनी चाहिए अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा इसके अलावा ये मालूमती वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें इजाज़त चाहेंगे अल्लाह हाफिज़